तो आप फर्स्ट ब्लॉक नहीं देखा तो कृपया जाकर डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है तो जाकर जरूर देखें और डेढ़ सौ रुपया निकले गायस मेरा गांव में आज महावीरी आखड़ा निकला हुआ है तो गायज इस वीडियो में सब दिखाएँगे तो धीरे धीरे चलिए और दिखाते हैं तो हाय है गाइस डेट हो चुका है हम लोग का तैयारी होने में तो अभी जा रहे हैं गाइस देखिए यहाँ पे और हम जा रहे हैं वहीं पर जहाँ हम लोग का महावीरी आखड़ा निकला है तो वहीं पर जा रहे हैं अभी देखिए गाइस डीजें बजने वाला है तो गाइज देख सकते हैं हम जा रहे हैं वहीं पे जहां हम लोग का महावीरिया खड़ा निकला हुआ है तो वीडियो को बने रहिएगा ठीक है तो गाइज अभी दिखाने वाले हैं जो महावीरिया खड़ा निकल चुका है पूजा तो तो कर... करने, करने वाले खड़ा हुए हैं महावीर आंकड़ा पूजा करने के लिए आ गए तो ये देखिए गोड़ लग रहा है देखिए मेरे गाँव के भैया है और ये अभी उठती और अभी दिखाने जा रहे हैं जाओ डांस हो रहा है देखिए कई कई देख सकते हैं यहाँ पे वो अभी भी आंकड़ा निकल चुका है, है। सकते हैं डांस हो रहा है खिलाओना चार रुपया मिला बताओ भाई कितना है तो ये बोला? तो दस रुपया मिला ओटी मजा है तो देख सकते हैं भाई कितना मस्त देखने में ही बहुत मस्त लग रहा है तो यहाँ का भी मज़ा लगा हुआ है देख सकते हैं भाई तो गाइजिए देखिये खिलौना किन ले वाला है आगे आगे। कौन सा चाहिए खिलौना तुमको तुमको कौन सा खिलौना चाहिए बोलो ये बोला है ये नहीं चाहिए हमको तो गाइस अभी जाएंगे हम गोलगप्पे खा तो गाइस देख लीजिए अभी खाने वाला है गोलगप्पे पिछले वीडियो में देखे होंगे गोलगप्पे का चैलेंज लगा था देखिए गाइजिए अभी चैलेंज करने वाला है और ये दस का चैलेंज करने वाला है देखिएगा तो देखिए अपने यहां से तो अभी देखिए स्टार्ट हो रहा है इसका गोलगप्पे खाने का तो स्टार्ट हो चुका है भाई देखिए कितना ओ, कितना क्या बोले भाई एक दान में एक खा रह रहा है एक तब मानने पड़ेगा भाई और वो आ गया है कि हमको खिलौना चाहिए तो खड़ा तो अभी देखिए गाइस आपको दिखाने वाले है पूरा वीडियो तो वीडियो पर लगे रहिए देख सकते है तो गाइस वीडियो यहीं तक का था अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और और शेयर भी कीजिएगा कमेंट करना ना भूलिएगा कैसा वीडियो था मेरे गांव का मेला कैसा था वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाय